छतरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने एक महिला की पांच साल पुरानी अंधी हत्या का खुलासा कर दिया है महिला का पति ही महिला का हत्यारा निकला जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति के साथ एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है 11 सितंबर 2018 को सिविल लाइन क्षेत्र तलैया में महिला का शव मिला था महिला के रस्सी से हाथ पैर बंधे हुए थे जिसके बाद पुलिस ने महिला का शव बरामद किया और महिला की शिनाख्त के लिए उसके पटवारी पति राकेश अहिवार को बुलाया लेकिन पटवारी ने मृतका को पहचानने से इनकार कर दिया था और को भोपाल से लाया गया जिसके बाद पूछताछ के दौरान उसने अपना गुना कबूल कर लिया आरोपी पति ने पुलिस को बताया की उसकी पत्नी उसके चरित्र पर शक करती थी जिसके चलते आए दिन विवाद होता था उसी कारण परिवार के साथ भी झगड़ा होता था जिससे परेशान होकर उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करवा दी पटवारी ने बताया कि उसने का ड्राइवर है फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी पुलिस के गिरफ्त से फरार है ये थाना सिविल लाइन में आ, सन दो हजार अठारह में एक लाश मिली थी जिसमे महिला जो थी वो सनमति स्कूल के पीछे पानी में मिली थी उसकी लाश और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे इसमें थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबित किया गया था अज्ञात के खिलाफ इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इन्वेस्टिगेशन की गई साक्ष्य एकत्रित किए गए और इसमें इसका जो पति है प्रथम दृष्टिया वो आरोपी सिद्ध हुआ इसमें और इसके दो अन्य साथियों के साथ मिलकर इसने अपनी पत्नी को मारा है